भोसड़ी के बेटे बेटे हाँ बेटे माज कर दी हाँ माज कर दी वाह बेटे वाह वाहर हुआ तम तो अरे तम तो बड़े है भाई